नमस्कार दर्शकों चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि बुधवार दिन रहेगा और आज तारीख रहेगी 18 मार्च सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर सोलह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर बारह मिनट पर दर्शकों इस समय विक्रम संबंध 2077 चल चुका है वैसे हम लोगों का जो लगता है ये हिंदू नव जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिब्ता को लगता है आने वाला है लेकिन जो है जो गणनाएँ होती हैं कंप्यूटर की गणनाएँ और जो पंचांग हैं इन गणनाओं में अंतर होता है तो इस कारण विक्रम संबत 2077 लग चुका है प्रमाद नामक संवत्सर चल रहा है नक्षत्र रहेगा पूर्वा साढ़ा और इसके बाद उत्तरा साढ़ा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा वरिग और विष्टि योग की बात करें तो वरियान और परिग योग रहेगा वहीं आज का जो शुभ समय दर्शकों रहेगा ये सुबह दस से लेकर के और ग्यारह बजकर 16 मिनट तक के रहेगा आप लोग शुभ कार्यों को इसमें कर सकते हैं साथ ही साथ बुधवार के दिन का जो राहु काल होता है ये दोपहर बारह बजकर 14 मिनट से एक बजकर 44 मिनट तक होता है और आज का जो यमगंड जो है मतलब काल रहेगा ये सुबह 7:45 से 9:15 के बीच रहेगा तो थोड़ी सी आज आप लोगों को विशेष सावधानी बरतनी रहेगी चंद्रदेव की यदि हम बात करें तो चंद्रमा शाम को सात बजकर पच्चीस मिनट तक की धनु राशि में चलायमान रहेंगे इसके बाद ये मकर राशि में संचरण कर जाएंगे सूर्यदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं साथ ही साथ आज का जो दिशाफुल रहेगा तो बुधवार दिन रहेगा उत्तर दिशा की ओर दिशा रहेगा उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आज, आज आपको बचना होगा यदि करनी पड़ जाए तो आप लोग इलायची का सेवन पिस्ते का सेवन साथ ही साथ धनिया का सेवन करके पहले दक्षिण दिशा की ओर आपको चार पक चलना रहेगा इसके बाद आपको जो है उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए दर्शकों दसवीं तिथि और ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि दसवीं तिथि को कलंबी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो कलंबी के सेवन से आज आप लोग बचिएगा तो ये तो था हमारा पंचांग जो कि पांच अंगों से मिलकर के बना होता है ये पंचांग के पांच अंग आप सभी लोग जानते हैं कि तिथि वार नक्षत्र योग करड़ होते हैं दर्शकों आज का दिन देखिए मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा क्या चुनौती भरा रहेगा या सब कुछ स्मूथ चलेगा इन विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे और साथ ही साथ आज के दिन को आप लोग कैसे प्रभावी बनाएँ इसके रिगार्डिंग आज हम आपको उपाय भी बताएंगे तो बढ़ते हम अपनी पहली राशि पर हमारी पहली राशि जो आती है ये आती है एरिस अर्थात मेष राशि देखिए मेष राशि के जात को आज आप अपने ए, आज आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज आपको निश्चित रूप से तरक्की के कई नए रास्ते मिलेंगे जो मेष राशि के छात्र हैं इनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा आज, आज आपको किसी समस्या को सुलझाने का तुरंत रास्ता मिल जाएगा और आज आपको अपने सीनियर्स का सहयोग अच्छे तरीके से प्राप्त होगा आज आप अपने सभी कार्यों को बहुत हद तक पूरा करने में सफल भी हो जाएंगे साथ साथ ही आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का आप लोगों को भोग लगाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह और आज भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा यह रहेगा पचहत्तर परसेंट हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि देखिए वृषभ राशि के जातकों आज का दिन काफी खुशनुमा रहने वाला है। यदि आज आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आज आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा साथ ही साथ आज वृषभ राशि के जातक खुद को सेहतमंद महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा किसी नए कॉन्ट्रैक्ट से आज आपको कोई बहुत बड़ा फायदा होने का योग मिल रहा है कुछ लोगों को आज आपकी उदारता और सज्जनता पसंद आएगी ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे जो छात्र वर्ग है वृषभ राशि के उनको कोई आज उपलब्धि प्राप्त हो सकती है आज आपके साथ सब कुछ बेहतर होगा उपाय के तौर पर चीटियों को आज आपको शक्कर मिश्रित आटा डालना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और आज भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा बयासी परसेंट हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है जैमिनी अर्थात मिथुन राशि देखिए मिथुन राशि के जातकों आज आप पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा आज आपको कार्यों में किसी अनुभवी की राय लेना जो आपके लिए हितकर रहेगा फायदेमंद रहेगा जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेकर के आज, आज आप भावुक होंगे आज आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखने की सितारे सलाहते रहे कारोबार में फायदा होगा लेकिन आज, आज आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल बना करके रखना होगा दाम्पत्य संबंध में मजबूती आएगी लवमेट्स को आज आप लोग कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं आज कार्यक्षेत्र में को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा ओम गंग गणपत नमा इस मंत्र का आप लोग एक बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और आज भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा अठहत्तर अगली जो राशि आती है ये आती है कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए कर्क राशि के जात को आज आपको किसी पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको किसी भी विवाद से बचने सलाह दे रहे हैं जीवन साथी के साथ आज आपको तालमेल बिठा करके बना करके चलने की जरूरत रहेगी ऑफिस में स्थिति आज आपके अनुकूल रहेगी साथ ही साथ आज आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा पीक रहेगा अप रहेगा सीनियर्स आज आपको जो है सहयोग करेंगे और आपके काम की वाहवाही करेंगे जो सेहत अभी तक आपकी जो है गिरावट दर्ज हो रही थी तो आज आपके सेहत में अच्छे से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है माता पिता का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा आज पूरे दिन सफलता मिलने के योग हैं उपाय के तौर पर तो किसी गरीब व्यक्तियों को आज आपको पका हुआ भोजन कराना रहेगा साथ ही साथ कुछ मीठा जरूर खिलाईएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात आठ भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा एटी सिक्स जी हाँ तो हमारी अगली राशि आती है आती सिंह राशि देखिए सिंह राशि के जातकों आज ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट पर आपको काम करना पड़ सकता है जिसे आप सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिंह राशि के जो जातक हैं और विवाहित हैं इनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आपके काम से आज आपके जीवन साथी प्रसन्न होंगे आज आपको किसी लेन से फायदा होगा किसी रिश्तेदार की मदद से आज कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा होगा लवमेट एक दूसरे के साथ आज जो है यदि आप लोग बाहर जाना चाहते हैं घूमना फिरना चाहते हैं तो जाके घूम फिर सकते हैं साथ ही साथ किसी रोजगार की तरफ आपका रुझान था था और कोई इंटरव्यू आपने दिया था, तो निश्चित रूप तो को एक मीठा पान अर्पित करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ आज आपके भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा छियासी कन्या राशि की ओर बढ़ चलते हैं। हमारी अगली राशि आती है देखिए कन्या राशि के जात आज पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा आज आपको किसी तरीके के कानूनी मामलों में कोई बहुत बड़ी मदद मिल सकती है परिवार के साथ आज घरेलू सामान की आप लोग शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ आज परिवार में सबकी इच्छा पूरी करने में आप बहुत हद तक सफल हो सकते हैं आज, आज आपको दूसरों की मदद करने के तमाम मौके मिलेंगे दोस्तों के साथ आज रिश्ते आपके बहुत अधिक मजबूत होंगे ऑफिस में पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं आज कर्ज से छुटकारा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है है उपाय के तौर पर तो आज आज आज पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज आपको चीटियों को शक्कर मिश्रित आटा डालना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो और आज जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा नाइनटी टू परसेंट तुला राशि की ओर चलते तुला राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है आपको अजनबी लोगों से आप थोड़ा संभल करके रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी भी काम में आज बड़ों की सलाह लेना आपके लिए हितकर साबित होगा पढ़ाई के प्रति आज आपकी एकाग्रता में भी कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही आज आपको अपना ध्यान भटकाने से बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ बिजनेस में विरोधियों से आज आपको बचकर रहना चाहिए आज आपको अपने नजदीकी रिश्तों का ख्याल रखना होगा खुद को फिट रखने के लिए आज आपको योग और एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ सकता है आज जीवन में आ रही सभी दिक्कतें दूर होंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो विकलांग व्यक्तियों को कुछ आज आपको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं कुछ उनको भोजन करा सकते हैं साथ ही साथ वस्त्र इत्यादि का दान भी कर सकते हैं आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा व्हाइट और शुभ अंक रहेगा साथ भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा उनचास बढ़ते आप अपनी अगली राशि हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो देखिए वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन घूमने फिरने में बीतेगा साथ साथ ही साथ परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं जो वृश्चिक राशि के जातक हैं और व्यापारी वर्ग हैं इनको आज अचानक से बड़ा धन लाभ होने के योग बन रहे हैं आज आपके सोचे हुए काम आपके समय पर पूरे हो सकते हैं साथ ही साथ आज आपकी दिनचर्या में कुछ जरूरी बदलाव आएगा जिसका फायदा भी आज आपको नजर आएगा कार्य में सफलता प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा गंग गणपते नमा इस मंत्र का 108 बार जाप करिए इलाई का सेवन करके घर से आपको बाहर निकलना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा लाइट ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा 65 परसेंट धनुराशि की ओर चलते हैं हमारी अगली राशि आती है देखिए धनुराशि के जातकों आज आपका दिन बेहतर रहेगा कुछ लोगों से आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा हो सकता है लवमेट को अचानक कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट प्राप्त होगा थोड़ी मेहनत से आज आपको किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा आज आपका दांपत्य जीवन देखिए सुखमय बना रहेगा आज आप लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का मन बना सकते हैं दोस्तों की मदद से आज आपका कोई घरेलू कार्य सफल होगा ऑफिस में आज आपका कोई नया दोस्त बन सकता है और आज लंबे समय से चली आ रही कोई समस्या समाप्त हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज, आज आप लोग प्रयास करिएगा कि बंदरों को बेसन से बनी हुई कोई जो है आप मिष्ठान अर्पित करें साथ ही साथ गाय यदि है आपके यहाँ तो गाय को आज आप लोग पालक जरूर खिलाएं शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा साठ मकर राशि की ओर चलते हैं मकर राशि के जात को देखिए आज आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है छोटे पैमाने पर अगर आज आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं कि उसमें आपको फायदा ना हो आज आपको निश्चित उसमें फायदा होगा महिला उद्यमियों को अच्छे लाभ के योग बन रहे आज आपको बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती है आज आपकी यात्राएं सफल होंगी आस पास कुछ पॉजिटिव बदलाव आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं आपके काम में कुछ नए लोग भी जुड़ सकते हैं समाज में आज आपका दायरा बढ़ेगा आज पारिवारिक रिश्तों में सौहार्द बढ़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज गणेश जी को आपको दूरवा चढ़ाना रहेगा ओम गंगा गणपत नमाम मंत्र से शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ और आज जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा सत्तर कुंभ राशि की ओर चलते हैं हमारी अगली राशि आती है देखिए कुंभ राशि के जात को आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे जो प्लानिंग आज आप लोग बनाएंगे उसको धरातल पर जो है अमली जामा पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आज आपको सबका पूरा साथ मिलेगा ऑफिस में सीनियर्स आज आपके काम को देख करके काफ़ी प्रसन्न रहेंगे खुश रहेंगे लवमेट के लिए आज का दिन काफ़ी अनुकूल रहने वाला है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त होगी आपकी सफलता से आज माता पिता काफी प्रसन्न रहेंगे दांपत्य जीवन में चली आ रही अनबन आज समाप्त होगी आज आप काम के सिलसिले में किसी नई तकनीक से सीखने की भी कोशिश करेंगे आज समाज में मान सम्मान बढ़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को गाय को पालक में काला नमक डाल करके खिलाना रहेगा साथ ही साथ किसी विकलांग व्यक्ति को कुछ मीठा आप लोग जरूर बांटिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ब्लैक शुभ अंक रहेगा 9 और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा अड़सठ परसेंट अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती आती है मीन राशि देखिए मीन राशि के जात को आज आपको कोई धन लाभ के जो है अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिसको आज हाथ से जाने नहीं देना होगा आज कोई कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है सेहत में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा आज पेपर वर्क ना पूरा होने से आपके किसी जरूरी काम में देरी हो सकती है परिवार के लोगों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा जरूरत के वक्त वो आज आपके साथ खड़े रहेंगे यदि कोई वाहन लेने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा किसी नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है लव मेट्स के लिए दिन आज रहने वाला है कोई अज्ञात भय से आपको छुटकारा प्राप्त होगा उपाय के तौर पर करना अंक पांच और आज भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये आपके लिए रहेगा रहे सतर तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आप सभी लोगों का दिन शुभ व मंगलमय हो